today we are going to discuss about the land resources earlier uh, we have discussed about water resources and uh, forest resources <coughs> basically the land uh, resources are those resources in the form of the land in which we do our daily activities like every kind of uh, activity like agriculture uh, school colleges universities roads construction जितने भी एक्टिविटीज होते हैं लैंड पे ही होती है और जो भी हमारे मेजर रिसोर्स हैं इन टर्म्स ऑफ चाहे वो एग्रीकल्चर हो फॉरेस्ट हो वाटर बॉडीज हो ग्लेशियर्स हो दे आर प्रेजेंट ऑन द लैंड मींस लैंड इज इनकम्पासिस मेनी अदर रिसोर्स चाहे वो मिनरल की फॉर्म में हो चाहे वाटर की फॉर्म में हो चाहे फॉरेस्ट के फॉर्म में हो तो अब जो <clears throat> यहाँ पे आज का लेक्चर जो है बेसिकली हम कोरिलेट करेंगे लैंड रिसोर्स को विद एग्रीकल्चर बिकॉज जो हम बाकी रिसोर्स जो हम पढ़ रहे हैं जैसे वाटर दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन सेपरेट लेक्चर आई आई थिंक वी हैव कम्पलीटेड दैट वाटर रिसोर्स फॉरेस्ट रिसोर्स बट अदर रिसोस वी विल डिंग लाइक एनर्जी रिसोर्स वी आर डिराविंग वेरियस काइंडर्जी फ्राम द लैंड इन द फॉर्म ऑफ कोल कोई भी ऐसा रिसोर्स जो लैंड के ऊपर या उसके नीचे हो हम जो हम बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स हो चाहे गोल्ड हो डायमंडस वगैरह हो कोल हो तो वो सब लैंड रिसोर्स में ही आते हैं बट वी विल डिस्कस ऑल दो सपरेट लेक्चर्स टूडेटिंग द लैंड रिसोर्स विद एग्रीकल्चर तो अगर अगर एग्रीकल्चर के हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो लैंड है कितना अवेलेबल है Uh, for various agriculture activities kitna land khali hai waste land that kind of classification we will be discussing in this class so jo jitne bhi hamare paas resources are on the land they are distributed matlab मतलब, equally would distribute nahi hai for example kisi jagah water resources zyada hai किसी जगह कम है जैसे डेजर्ट्स में वाटर रिसोर्स कम है तो डेजर्ट्स माइट बी हैविंग डिफरेंट ऑफ इन काइंड फॉर्म ऑफ मिनरल्स और एनी काइंड ऑफ जो भी इनलैंड जो रिसोर्स होते हैं ज़मीन के अंदर जो रिसोर्स होते हैं, तो ये डिपेंड तो कर तो तो करता है कि कंडीशंस कैसी हो सॉइल की जो टोपोग्राफी कैसी हो सॉइल का जो है वाटर टेबल कैसा हो तो उस काइंड के उस टाइप के हमारे रिसोर्स हम निकाल सकते हैं फ्राम द लैंड तो लैंड का मैंने कल बताया था आपको देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सॉइल सॉइल मीन्स अ टॉप 15 सेंटीमीटर ऑफ लैंड जो ऊपर ज़मीन के ऊपर टॉप 15 सेंटीमीटर होता है उसको हम सॉइल बोलते हैं दैट इज़ वेरी बेसिकली वेरी एक्टिव पोर्शन दैट इंक्लूड्स वेरियस ऑर्गेनिक मटेरियल्स इनऑर्गेनिक मटीरियल दैन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल तो इंडिया का अगर हम एक्सटेंड देखें लैंड एरिया जोग्राफिकल एरिया दैट इज़ ओनली 2.4 परसेंट ऑफ टोटल वर्ल्ड से एरिया तो ये 2.4 एरिया जो इंडिया का है ये सपोर्ट करता है वर्ल्ड की 17 परसेंट पापुलेशन को मींस there is very high stress on the land resources of india to yahan pe jo density hoti hai um, density means per square kilometer kitne log uh, rehte hain that is also very high to um, in round figure jo geographical area hai that uh, india ka wo hai 329 million hectares to million hectares mein hi ek standard uh, unit hai jisse uh, jis <coughs> hum measure karte hain ya compare karte hain एक बड़े पैमाने पे एरिया तो जो लैंड अवेलेबिलिटी है पर कैपिटा जैसे हमने पिछली बार पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट डिस्कस किया था वी विल बी डिस्कसिंग पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ़ लैंड। तो फॉरेस्ट में 0.1 वन हेक्टेयर पर कैपिटा आता था तो ऑबियसली जो ये लैंड है इसका पर कैपिटा अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज फॉरेस्ट जो है खाली राइट नाउ ऑनली 21% वन परसेंट ऑफ टोटल इंडियाज जोग्राफिकल एरिया अब हम यहाँ पे पूरा 329 मिलियन हैक्टेयर्स को डिवाइड करते हैं बाय टोटल पॉपुलेशन देन। दिस फिगर विल कम आउट 0.848 एट पर कैपिटा अवेलेबलिटी लैंड इन इंडिया तो उसके अलावा अगर इसको कंपेयर करेंगे जैसे फॉर्मर यूएसएसआर एस सोवियत यूनियन था वहाँ पे 8.43 पॉइंट हेक्टेयर्स पर कैपिटा चाइना में 0.98 है क्योंकि चाइना का जो एरिया भी बड़ा है एंड देन पॉपुलेशन इज़ आल्सो वेरी हाई देन उसके अलावा इंडिया में लैंड्स को अब तो ये बताया है हमने कि क्या मतलब क्या है पर कैबिटा अवेलेबिलिटी कितना लैंड रिसोर्स बट उसमें हम लैंड रिसोर्स को कैसे यूज़ करते हैं तो फॉर एग्जांपल कल्टीवेटेड लैंड कल्टीवेटेड लैंड वो होता है जहां पे हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में मेन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है जैसे राइस ग्रो uh, हम ग्रो करते हैं पर्टिकुलरली इन साउदर्न इंडिया एंड वेस्ट बंगाल वहाँ पे राइस बेल्ट उसको बोलते हैं पंजाब में भी होता है बट नॉट दैट हाई इंटेंसिव तो पंजाब हरियाणा ये यूपी वगैरह में ज़्यादा वीट गंदम की कल्टीवेशन होती है कनक की कल्टीवेशन होती है तो ये एरिया जो है डिपेंड करता है वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो वहाँ पर सॉयल टाइप की ऐसी हो तो उस टाइप के क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो किए जाते हैं तो नॉर्दर्न इंडिया में मोस्टली दे ग्रो वीट एंड साउर्न इंडिया में दे मोस्टली ग्रो राइस दो वेस्ट बंगाल वगैरह जैसे कॉटन की बात करते हैं देन कॉटन इज़ ग्रोन इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र महाराष्ट्र गुजरात वगैरह और जो कोर्स मिलेट्स होते हैं जैसे बारले वगैरह ये ग्रो किया जाता है गर्म इलाकों में जहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो जैसे राजस्थान वगैरह या साधर्न इंडिया में तो ये पूरा जितना भी लैंड है जहाँ पे हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज ए कल्टिवेट लैंड तो इसमें जो एरिया है दैट इज़ वन मिलियन हैक्टियर्स out of this uh, 329 million hectares 142 million hectares comes under the cultivated land means agriculture land ye more or less uh, same hi rehta hai over the period of uh, years itna uh, decrease nahi hua hai but due to developmental activities jaise जा, hum uh, rate of uh, development a uh, rate of infrastructure jo yahan pe particular in jammu and kashmir mein hum dekhte hai particular in kashmir mein dekhte hai तो यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड को एट फास्ट रेट कन्वर्ट किया जाता है इन रेजिडेंशियल एरियाज हम अगर एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर की बात करें दैट इज स्टिल इन एग्रीकल्चर ए पार्ट ऑफ कल्टीवेटेड लैंड बट मोस्ट ऑफ द लैंड इज़ कन्वर्टेड इंटू द रेजिडेंशियल जैसे पैडी फील्ड होता है उसको धीरे धीरे encroach करते हैं लोग अपना ही होता है उनको जमीन but they start building houses. तो ये जो cultivated land है हो सकता है over the period of time ये decrease हो जाए इंडिया में because of the population explosion. अब यहाँ पे कश्मीर में main problem यह है यहाँ पे uh, बाहर की तरह जैसे जम्मू या आ, स्टे, जो जो एंड कश्मीर से बाहर जो एरियाज है वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होते हैं दस पंद्रह बीस या तीस माले तक भी बिल्डिंग हो सकती है तो यहाँ पे वो क्राइटेरिया नहीं है बिकॉज इट कम्स आंटर द अर्थ को एक जोन फाइफ तो यहाँ पे उतने ऊँचे ज़्यादा ज़्यादा चार मंजिला होगी उससे ज़्यादा नहीं होगी तो यहाँ पर अगर ज़्यादा बड़े मकान होंगे दन देर विल भी चांस दैट दे विल कोलेप बिकॉज ऑफ द अर्थ को एक्स क्योंकि अर्थ को एक जोन फाइव में आता है तो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है स्प्रेड आउट होता है टू द लैंड एरिया तो धीरे धीरे यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी experts from various universities, they have uh, shown uh, there is a critical decrease in agriculture area in Kashmir particularly but Jammu में तो ठीक है जम्मू में एग्रीकल्चर एरिया ठीक ठाक है एंड देन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स दे कम फ्रॉम द जम्मू तो ये था स्नैरियो इंडिया में तो ग्रीन रेवोल्यूशन में आ, तो दो चीज़ें हुई थी ग्रीन रेवोल्यूशन में आ, एक तो आ, हमें प्रोडक्शन इनक्रीज़ करनी थी तो प्रोडक्शन दो तरीके से हम इनक्रीज़ कर सकते हैं या तो ये कल्टिवेट लैंड जो है हमें इनक्रीज़ करना है बट कल्टिवेटेड लैंड को इंक्रीज करना उतना इजी नहीं है बिकॉज या तो बहुत सारा जो लैंड है दैट इज अंडर द कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स या फॉरेस्ट में है प्रोटेक्टेड लैंड्स में है या अदर चीज़ें हैं जिसमें वो हम दे कैन नॉट बी भी अंडर द एग्रीकल्चर बट इन ग्रीन रिवोल्यूशन दे इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी मीन्स कि वन फोर्टी टू मिलियन हैक्टेयरस है इसी से कितना हम ज़्यादा प्रोड्यूस करें बिकॉज ऑफ हाईिंग वाइटीज इंटेंसिव यूज़ ऑफ पेस्टसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स इंटेंसि यूज़ ऑफ वाटर रिसोर्स तो उससे जो, जो है प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया तो मोर लैंड अंडर cultivation से भी जो है production increase कर सकते हैं but now in uh, future जो स्ट्रेटीज़ है कि ये कल्टिवेटेड लैंड और डिक्रीज हो रहा है वो शुड गो फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन बट अंडर द वेरियस प्रोडक्ट्स जिसे हमें उसको रेनबो रेवोल्यूशन कहते हैं हमें खाली जो है सीरियल क्रॉप्स के लिए नहीं करना है बट वी हैव टू डू एन ओवरऑल ऑल राउंड काइंड ऑफ रेवोल्यूशन तो एक थोड़ा सा बैक था उसके अलावा फॉरेस्ट लैंड पिछली बार जो नाइनटीन मैंने कहा था डेट वॉज सिक्सटी मिलियन हैक्टेयर्स बट नया अराउंड नाइनटीन टू से जो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है दैट इज़ ऑन एन एवरेज फ्रॉम 67 टू uh, 68 मिलियन हैक्टे दैट कम्स अराउंड 21 परसेंट ऑफ द जोग्राफिकल एरिया तो ये तो फॉरेस्ट लैंड है तो इसमें भी हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी द डेंस फॉरेस्ट बॉर्डर डेंस फॉरेस्ट ओपन फॉरेस्ट स्क्रब एंड नॉन फॉरेस्ट एरिया जो है वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया तो कितना एरिया है किस जो है क्लासिफिकेशन में दैन देयर इज़ अनदर नॉन एग्रीकल्चर एरिया नॉन एग्रीकल्चर लैंड बेसिकली जिस पे हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं इसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हो सकते हैं रोड्स हो सकते हैं एयरपोर्ट्स हो सकते हैं तो ये तकरीब ट्वेंटी मिलियन हैक्टेयर्स आउट ऑफ थ्री मिलियन हैक्टेयर्स देन एंड होता है बंजर पास्टर्स होता है जहां पे वो मवेशी वगैरह जो है चरवाए जो है अपनी मवेशियों को घास वगैरह खिलाता है जिसको कश्मीरी में चरई पास्टर लैंड बोलते हैं बेसिकली ये स्टेट ओवरड लैंड होता है और कुछ कुछ जो है लीज पे भी दिया जाता है थ्रू द प्राइवेट ग्रोवर्स जो होते फार्मर्स को तो तो वो लीज पे होता तो ये भी है तकरीबन फिफ्टी फाइव मिलियन हैक्टेयर्स एंड दैन फेलो लैंड फेलो लैंड मीन्स कि हम उसमें आ, जो है एग्रीकल्चर कर सकते हैं बट वी आर नॉट डूइंग एग्रीकल्चर इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तो हर साल ये तकरीबन ट्वेंटी फाइव मिलियन हैक्टेयर्स के आसपास आता है वी विल भी डिस्कसिंग दीज ऑल कैटेगरीज कि इसमें आ, क्या क्या चीज़ें होती हैं तो उसके बाद पहले क्लासफिकेशन पढ़ते हैं देन वेस्ट लैंड जो है इंडिया का है uh तकरीबन under various wasteland categories that is around 55.41 million hectares so out of uh, 55.41 uh, million hectares uh, around 3.99 or 4 million hectares comes around the salt affected land salt affected land hota hai basically mostly in coastal areas where there is a salt water intrusion salt water intrusion kya hota hai samandar ka pani ज़मीन के अंदर आ जाता है because of various uh, reasons, maybe because of the tsunami, maybe because of the uh, storm surges सरच cyclones वगैरह होते हैं high tides, low tides की वजह से ya yeah, उसके अलावा भी एक reason है जैसे साल्ट वाटर इंट्रोजन होता है इंट्रो द ग्राउंड वाटर जो हम ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं उसमें भी जो है uh, समंदर का पानी सीस का पानी आ जाता है नीचे से फिर वो कैपलरी एक्शन की वजह से या इरीगेशन वाटर uh, हम ग्राउंड uh, वाटर से निकालते हैं दैन उसकी वजह से भी साल्ट एक होता है और अनदर रीज़न इज़ जो हम नॉर्मली ग्राउंड वाटर से इरिगेशन करते हैं किसी भी एरिया में और पीरियड ऑफ टाइम जो सॉ ग्राउंड वाटर उसमें मिनरल्स और साल्ट कंसनट्रेशन थोड़ी ज़्यादा ही होते बिकॉज़ वो रॉक्स के कंटैक्ट में होता है रॉक्स की वेदरिंग होती रहती है उसमें साल्ट कन्सन्ट्रेशन इंक्रीज़ होती है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम ग्राउंड uh, वाटर से इरीगेशन करते हैं तो साल्ट कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होती है तो ऐसे एरियाज़ में तो वो पैचस होते हैं सफ़ेद सफ़ेद पैचिस सोडियम uh, के Uh, जैसे लगता है चमक जैसी है लैंडस पे तो ये साल्ट अफेक्टेड लैंड तक थ्री पॉइंट नाइन नाइन मिलियन हैक्टेयर्स है इसकी कंसनट्रेशन इसका जो एरिया है इट इज़ ऑल्सो इन कोस्टल एरियाज एज़ वेल एज इन इंडो गेंगेटिक रीजन जो इंडो गंगेटिक रीजन है जहाँ पर हाईली इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है तो वहाँ पर भी जो साल्ट अफेक्टेड लैंड इनक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ द हाई विदड्रावल रेट्स ऑफ द ग्राउंड वाटर तो उसकी वजह से भी ये साल्ट वाटर एकुमलेट हुआ है ऑन Then another category is गलीड and ravine lands. गलीड and ravine lands होते हैं वो lands जो basically water erosion की वजह से water से जो soil erosion होता है over the period of time, स्पेशल and temporally वो जो ऊपर वाली जो layer है soil की वो बह जाती है पानी के साथ एंड ग्रेजुअली uh, तो वो डीप हो जाती है धीरे धीरे तो वो गलीज़ बनाती है छोटी छोटी चनल्स बनाती है रिवाइनस बनाती है अगर आप uh, उसको हम uh, क्या बोलते हैं कश्मीरी में या उर्दू में खंदक जैसा बनाते हैं वो तो वहाँ पे तो ऐसा कोई हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं कोई भी ऐसा मकान वगैरह नहीं बना सकते रोड्स नहीं बना सकते वो तो एक वेस्ट तो ये भी तकरीबन 6.73 मिलियन हैक्टेयर्स है आउट ऑफ 55.41 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड देन अनदर कैटेगरी इज़ अनडोलेटिंग अपलैंड विद और विदाउट स्क्रब। अंडोलेटिंग अपलैंड मीनस कि ऊपर खापट जमीन है कहीं पहाड़ी है कहीं पत्थर है देन तो उसमें भी uh, छोटी छोटी झाड़ियाँ वगैरह है जो अक्सर पहाड़ी के आस होती है झाड़ियाँ वगैरह तो ऐसे भी है जैसे त्राल वाला इलाका है तो अक्सर उसमें जो है ऊपर खापट जमीन है प्ले नहीं है बेसिकली उसमें भी अगर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी करना चाहते हो तो नीचे से पत्थर निकलेंगे ऊपर <coughs> वाली जो पहाड़ी वाली ज़मीन है तो हम उसमें तो बहुत इंटरवेंशनस करनी पड़ेगी तो वहाँ से वो जो निकालने पड़ेंगे उसको लेवल करना पड़ेगा दैन इट कैन बी ब्रॉट अबाउट ब्रॉट फॉर सम यूज से मकान बनाना होगा तो हमको पहले उसको लेवल करना पड़ेगा एग्रीकल्चर का नुस्से वहाँ से पत्थर वगैरह निकालने पड़ेंगे तो लद्दाख में भी ये प्रॉब्लम है वहाँ पे भी जो एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन है तो उनको भी ये प्रॉब्लम थी कि वो पूरा जो उनका लैंड है वहाँ से निकालना जैसे आपका कॉलेज का ज़मीन है तो वहाँ से भी अंदर से बहुत सारे पत्थर निकलते हैं तो ऐसी जो जो लैंड्स होते हैं बहुत ही जो होते हार्श होते हैं कमज़ोर होते हैं उसमें तो न्यूट्रल लेवल बहुत कम होती है तो वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं श्रब्स स्क्रब्स को रोकटेदार जो होते हैं अक्सर वाइल्ड प्रोमा जो अनार का होता है वाइल्ड जंगली वो ग्रो होते हैं या कांटेदार कोई वो झाड़ियाँ वगैरह ग्रो होती है तो इस टाइप के जो लैंडस है अलेवन पॉइंट सेवन 11.74 मिलियन हेक्टेयर्स देन जूम और फॉरेस्ट ब्लैंक अगर आप रिमेम्बर कर रहे हैं कि हमने एक डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट में एक रीज़न ये भी बताया था शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है जिसमें एक पैच जो है फॉरेस्ट का सेलेक्ट किया जाता है बाय द ट्राइबल्स जो भी जिनको भी लीज पे दिया जाता है वो वो उसको जलाते हैं अलोंग विद द ट्रीज दैन दे गो फॉर द नेक्स्ट पैच तीन चार साल के बाद जब उसकी न्यूट्रल लेवल डिक्रीज़ हो जाती है तो ऐसे पैच भी जो है जो बेसिकली बैरन हो जाते हैं जिसमें फर्टिलिटी लेवल डिक्रीज हो जाती है जिसमें हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं दे आर अराउंड सिक्स मिलियन हैक्टेयर्स दैन सैंडी एरिया जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान थार डेज़र्ट तो पूरा रेतीला ज़मीन है या कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पर भी रेत होती है वो भी मतलब कोई भी एक्टिविटी के लिए सुटेबल नहीं होती है तो इस टाइप के लैंड भी तकरीबन 13.94 पॉइंट नाइन फोर मिलियन हेक्टेयर से दैन बैरन हिल रिजिस जो पहाड़ी के आस पास जो ज़मीन होते हैं बैरन होते हैं जिसमें नॉर्मली कोई वाइल्ड प्लांट भी ग्रो नहीं होता है easily. <coughs> हम ये कह सकते हैं दैट इज़ एन इनिशियल स्टेज ऑफ सक्सेशन जो हमने डिस्कस किया जिसमें पहले लाइक वगैरह आते हैं किसी भी पहाड़ पे फिर देन दे ग्रेजुअली देन ड्रायोफाइट्स शर्ब्स हर्ब्स वगैरह वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट होता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक इनिशियल स्टेज ऑफ सक्सेशन पे है तो जहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है इन फ्यूचर कोई कम्युनिटी ग्रो हो जाए बट करंटली वहाँ पे ऐसा कोई भी जो है कम्युनिटी ग्रो नहीं होती है हो सकता है कोई हो रही हो इनिशियल स्टेज पे दैन दिस इज़ ऑल्सो 2.7 पॉइंट सेवन मिलियन हैक्टेयर्स दैन स्नो कावर एंड ग्लेशियर्स जो माउंटेन पीकस पे जो ग्लेशियर्स होते हैं दे ऑल्सो आर द वेस्ट लैंड बिकॉज वी कैनॉट ब्रॉड दैम अंडर द कल्टिवेशन उसमें हम कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते uh, कोई uh, मकान नहीं बना सकते ग्लेशियर्स पे अगर आप जाते हैं वहाँ पे uh, आपको सब कुछ यहीं से ले जाना पड़ता है सामान खाने पीने का वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है तो वहाँ पे बिकॉज ऑफ हाई आल्टीट्यूड टम्परेचर एंड स्नो कवर एरियाज़ जो होते हैं वो भी वेस्ट में ही टेक्निकली कैलकुलेट किए जाते हैं दैट इज़ अराउंड टेन पॉइंट जीरो सेवन मिलियन हैक्टेयर्स तो ये टोटल जो एरिया है इंडिया में वेस्ट का दैट इज़ फिफ्टी फाइव पॉइंट फोर वन मिलियन हैक्टेयर्स तो जब जैसे अब कैटेगरीज़ uh, है एग्रीकल्चर की टर्मिनोलॉजीज में जैसे डिफरेंट uh, uh, जो लैंड्स होते हैं किस हिसाब से वो ब्रॉड अंडर कल्टिवेशन एग्रीकल्चर में मतलब उसको करते हैं तो इससे पहले मैं बताऊंगा बताऊँगा एरिया जो इंडिया का एक्चुअल एरिया दैट इज़ अराउंड थ्री ट्वेंटी नाइन पॉइंट मिलियन है area, 329, uh, तो इसको फिर राउंड फिगर में हम जो है Uh, 329 मिलियन हैक्टेयर्स बताते हैं बट uh, ये एक्चुअली है जोग्राफिकल एरिया बट रिपोर्टेड एरिया इज़ वेरीस इससे कम है रिपोर्टेड एरिया दैन यू सर्च फ्राम द इंटरनेट कि वट इज़ द रिपोर्ट एरिया ऑफ इंडिया ये तो जोग्राफिकल एरिया है जो से बाउंड्रीज वग़ैरह है तो उससे हमने uh, जो एरिया को कैलकुलेट किया बट रिपोर्टेड एरिया जो बेसिकली uh, कागजों में दर्ज है कि ये एरिया इसका है ये एरिया इसके अंडर है बहुत सारे एरिया रिपोर्ट नहीं गया जैसे लद्दाख में बहुत सारे एरिया रिपोर्ट नहीं किया गया बिकॉज इट इज़ वेरी बैरन दूर दूर तक वहाँ पे कोई नहीं रहता है देन फर्स्ट कैटेगरी इज नेट सोन एरिया तो ये किसी भी साल में कोई कितना भी लैंड जो होता है अंडर प्रोडक्शन होता है अंडर कल्टिवेशन होता है दैट इज कॉल्ड नेट सोन एरिया क्रॉपड एरिया In इन एयर अंडर कंसिड्रेशन इज़ कॉल्ड नैट सोन एरिया किसी भी एरिया में इंडिया में कितने एरिया में एक साल में प्रोडक्शन होती है मतलब तो ये डिपेंड करता है कि हो सकता है बहुत सारे पैच खाली रहेंगे किसी ये ये साल में अगले साल में वो ए, ए, उसमें एग्रीकल्चर activity होगी तो ये differ करता है हर साल तो average इनका तो same ही है but vary करता है कुछ ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाता है depending upon the, for example monsoon कमज़ोर है रेनफॉल नहीं हो रही है दैन सम फार्मर्स जो है एग्रीकल्चर अपने जो लैंड पे नहीं करते बिकॉज uh, उनका जो है रिसोर्सेज uh, आया हो सकते हैं फर्टिलाइज़र वो अप्लाई करते हैं सीड्स वो अप्लाई करते हैं वो ज़ाया हो सकते हैं दैन दे डि नॉट गो फॉर द एग्रीकल्चर फॉर पीरियड ऑफ टाइम जब तक मॉनसून आ जाए तो हो सकता है उस साल जो है नेट सोन एरिया डिक्रीज़ हो जाएगा तो ये बेसिकली uh, uh, uh, पूरा जो कंट्री का इकनॉमी जो है डिपेंड करता है इस पर कि नेट सोन एरिया अगर ज़्यादा होगा ओब्वियसली प्रोडक्शन इंक्रीज होगी एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा देन नेचुरली जो है जो इकोनॉमी बूस्टअप हो जाएगी देन अनदर कैटेगरी इज द एरिया सोन मोर देन वंस किसी भी साल में किसी भी एरिया पे एक से ज़्यादा फसल जब उगाए जाएंगे उसको नेट एरिया सोन मोर देन वंस तो अगर दिस अकाउंट फॉर अबाउट थर्टी फोर पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ नेट सोन एरिया तो ये जो नेट सोन एरिया है इसमें से तकरीबन तकरीबन थर्टी फोर परसेंट ऑफ uh, जो एरिया है उसमें साल में दो बार फसल उगाई जाती है ठीक है तो जितना भी कंट्री का एरिया है उसका अगर आप देखेंगे डेट इज़ सिक्सटीन पॉइंट सिक्स परसेंट तो ये uh, जो है साल में इस पर दो बार फसल गुरु. ग्रो की जाती है डिपेंड करता है जैसे वेस्ट बंगाल में साल में तीन बार भी राइस ग्रो की जा सकती है तो वहाँ पे बिकॉज ऑफ सर्टेन जो है पैरामीटर जैसे क्लाइमेट किस टाइप का होगा देन वाटर अवेलेबिलिटी फर्टिलिटी तो ये उस पे डिपेंड करता है दैन अदर कैटेगरी फ़ॉरेस्ट ये तो मैंने पिछली क्लास में डिसकस किया कि फॉरेस्ट इज़ तकरीबन जो है अभी 67, सेवन सिक्सटी एट मिलियन हैक्टेयर्स है एंड एज़ पर जो फॉरेस्ट पॉलिसी है नाइनटीन एटी एट उसके हिसाब से प्लेन में आपको थर्टी थ्री परसेंट ऑफ द एरिया शुड भी कवर्ड एन द फॉरेस्ट एंड इन हिल्स दैट शुड भी सिक्सटी सेवन परसेंट तो लैंड एग्रीकल्चर के लिए कल्टिवेशन में नहीं आता है दैट किकॉज ऑफ टू रीजन मे बी फॉर इज़ नॉट फॉर एग्रीकल्चर यूज़ तो नॉन एग्रीकल्चर यूज़ में आपका जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स बिल्डिंग्स हॉस्पिटल्स एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं तो ये उस कैटेगरी में आता है या ये दो ही रीज़न हो सकते हैं एग्रीकल्चर में नहीं लाने के या तो हम इसको अदर रेजिडेंशियल फैक्ट्रीज़ वगैरह कमर्शियल में यूज़ करते हैं या ये बैरन है या वेस्टलैंड है जिसको हम एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं कर सकते तो दैट इज़ लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन तो इसमें यहाँ पे भी मैंशन किया जैसे विलेज रोड टाउन्स रेलवेज जो भी हम बनाते हैं एक्टिविटीज़ वो आता है And एंड दैन परमानेंट पास्चर्स ग्रेजिंग लैंडस जो पास्चर्स होते हैं दे प्लेन इम्पॉर्टेंट रोल जो एक गोवेंट uh, लैंड होता है जिसपे बेसिकली जो कैटल्स uh, वगैरह जो फीड करते हैं तो टोटल एरिया ऑफ अलेवन मिलियन हैक्टेयर्स डि परमानेंट पास्चर्स इन ग्रेजिंग तो इंडिया में तकरीबन अलेवन मिलियन हैक्टियर्स जो है पास्चर्स वगैरह के लिए मतलब डेलीमिएट किए गए हैं कि ये pastures है तो ये टोटल है फोर परसेंट ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री तो इसमें मोस्टली जो फॉरेस्ट के आसपास पास ही जो लैंड्स है उनको फॉरेस्ट वगैरह जो है उसको ग्रेज जो है पास्टर्स वगैरह बना जा, बनाया जाता है ग्रेजिंग लैंड्स जो मीडोज़ होते हैं वो भी जो है पास्टर्स होते हैं जो हम अक्सर जाते हैं ना दौ पथरी वगैरह तो मीडोज़ कहलाते हैं तो दे आर ऑल्सो पास्चर्स दे कम डायरेक्टली अंडर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो अब उसको जो है एकोटूरिज़म के अंडर भी लाते हैं वो तो उसके बाद है आपका ये वाला एरिया मैप है तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा तो ये एरेबल लैंड है जो ये लाइंस वाला है एरेबल लैंड मींस दैट कैन बी ब्रॉट अंडर द एग्रीकल्चर ये आप देख सकते हैं ये प्लाइंस में दैट कैन बी ब्रॉट अंडर द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ तो फॉरेस्ट लैंड जो ये वाला जो हिमालयन रीजन है That is the दैट इज़ because फॉरेस्ट लैंड बिकॉज प्रस दिल्स एंड देन वेस्ट लैंड जो ये वाला है राजस्थान का एरिया डेजर्ट्स दैन गुजरात में कुछ पोर्शन है यहाँ पर भी है कोलकाता में वगैरह तो ये बेसिकली मैप है जिससे हम बता सकते हैं कि एयरब लैंड फॉरेस्ट लैंड एंड कल्टिवेट लैंड क्या क्या होता है अब uh, वेस्ट लैंड सर्वे एंड रिक्लेमेशन कमेटी ने डिफाइन किया cultural कल्चरल वेस्ट कल्चरलेबल वेस्ट क्या होता है लैंड अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन बट नॉट यूज फॉर द कल्टिवेशन फॉर वन एंड अनदर रीजन कल्चरल लैंड मतलब वो हम कर सकते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी में उसको कन्वर्ट बट बिकॉज ऑफ समर्टन रीज़न वो नहीं करते हैं दिस लैंड वॉज in past but has been abandoned because of some reasons. तो so, fallow land इसमें कुछ कुछ categories आते हैं फैलो लैंड जो हम For example, because of different reasons, या तो उसमें fertility level decrease हो गई है उसको हम फैलो छोड़ते हैं फैलो मीन्स ऐसे खाली छोड़ते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दो तीन पाँच साल तक उसमें फर्टिलिटी लेवल इंक्रीज़ हो ये एक एक्टिविटी है एग्रीकल्चर में एक कंसेप्ट uh, है कि अगर आप किसी भी ज़मीन को ऐसी खाली छोड़ते हैं तो जो उसका अपना सिस्टम होता है तो उसमें हो सकता है फर्टिलिटी लेवल इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ़ uh, कुछ मिनरल्स जो फिक्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ चेंज इन पीएच इन केमिकल कंडीशंस इन दॉयल तो वो रिलीज हो जाता है फिर बिकॉज ऑफ द माइक्रोबियल एक्शन तो इस टाइप को जो लैंड्स है बेसिकली फैलो लैंडस किया जाते हैं इसमें करंट फैलो फैलो एंड अदर करंट फैलो जो लैंड आते हैं तो इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज है तो उसके अलावा मेजर uh, जो डिग्रेडेशन होती है लैंड रिसोर्स की दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सॉयल इरोजन सॉइल इरोजन जो होता है दो टाइप्स का होता है फर्स्ट इज़ वाटर जो uh, उससे होगा उसको वाटर इरोजन बोलेंगे सेकंड इज़ अ विंड इरोजन तो वाटर इरोजन uh, जो है जब भी, uh, किसी भी एरिया से वाटर का जो है बहाव है फ्लो है बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पर जो वेजिटेशन भी बहुत कम होती है जिसकी वजह से वहाँ पर जो है टॉप सॉइल रिमूव हो जाती है बह जाती है विद द वाटर तो उसको सॉइल इरोजन कहते हैं देन ग्रेजुअली लीड्स टू द उसमें भी बहुत सारे टाइप्स है रिल गली रेवाइन स्टेज है तो uh, पहले अगर थोड़ा सा पानी गिरेगा तो रिल uh, इरोजन उसको कहते हैं देन वही जो चैनल्स थोड़ी थोड़ी डीप हो जाती है जब पानी ज़्यादा बहने लगता है दैन इट क्रिएट्स गलीस एंड उसके बाद ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेम्पोरल uh, स्केल पे अगर हम देखेंगे तो वो पूरा रेवाइंस वगैरह बनाते हैं तो वैसे ही विंड uh, इरोजन भी होता है वो क्या होता है कि सॉयल को जो है बहा ले जाता है विद द फ्लो ऑफ एयर तो उसमें भी साल्टेटिंग uh, जो है सॉइल पार्टिकल्स मूव हो जाते हैं तो टॉप सॉइल की जो फर्टिलिटी है बेसिकली डिक्रीज़ हो जाती है तो ये रीजंस uh, है सॉइल uh, इरोजन के ओवर द पीरियड ऑफ़ टाइम वहाँ पे वेजिटेशन जो लेवल है डिक्रीज हो जाती है एंड देन इट क्रिएट्स अ डेजटिफिकेसन मीन्स डेजटिफिकेसन क्या है वो स्मॉल पैच ऑफ कहीं जो है बुश वगैरह होती है तो बेसिकली ट्रांजिशन होता है कि एक ग्रीन पैच कन्वर्ट हो जाता है टू द डेजर्ट उसमें एक ट्रांजिशन जोन होता है छोटे छोटे पैच होते हैं बुशेस होते हैं ग्रासेस के तो ये आ, आपका उसके अलावा लैंड डिग्रेडेशन होती है बिकॉज ऑफ कंजर वरियस जो सॉइल इरोजन हम करते हैं तो उसके अलावा माइनिंग वगैरह करते हैं हैवी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट वगैरह करने के लिए मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो उसकी वजह से भी जो है लैंड डिग्रेडेशन होती है तो कुछ कुछ कंजरवेटिव मैथर्ड्स है जिसकी वजह से हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकत, रो सकते हैं जैसे कंजरवेशन टलीज फार्मिंग कंजर्वेशन टलीज फार्मिंग में क्या होता है मिनिमम Uh, जो है हम सॉइल को डिस्टर्ब करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमने पैडी ग्रो किया पैड़ी के जो जो होते हैं ना वो स्टेम्स उसी में होते हैं मिट्टी में ही तो हम उनको जो है प्लोइंग नहीं करते हैं हम उसको जोतते नहीं हैं उसी में हमने जो कुछ एक्टिविटी की उसमें सीड हमने डाले तो उसमें जब सीड ग्रो हो जाएंगे और धीरे धीरे वो जो स्टेम्स जो स्टोबल्स बोलते हैं उनको वो डिकम्पोज हो जाएंगे तो उससे क्या होता है सॉइल जो है डिग्रेड नहीं हो जाती है कंटूर फार्मिंग ये आ, अगर आप रेन वाटर हारवेस्टिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर उसमें हमने रेन वाटर हारवेस्टिंग कंटूर फार्मिंग जो हिल स्लोप्स के आ, जो स्लोप के उस पर एक बैच बनाते हैं उस पर फिर फार्मिंग करते हैं जैसे हॉर्टिकल्चर करते हैं या एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं टेरेस बनाते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं दैन एले क्रॉपिंग एल ए होता है बेसिकली एक पहले बुश लगाते हैं फिर बीच में उसमें हर्ब्स वगैरह उस क्रॉप्स लगाते हैं तो उससे भी सॉइल रुक जाती है विंड ब्रेक्स लगाते हैं बड़े बड़े जो आ, होते हैं ना विलोस होते हैं या पॉपुलर प्लांट्स होते हैं तो वो भी जो है विंड की स्पीड को रोकते हैं दे एक्ट एज ए विंड ब्रेकर्स फिर वाटर लॉजिंग जो है हम पानी आ, जो है किसी एरिया में स्टैंडिंग वाटर रखते हैं उसकी वजह से भी विंड जो है सॉइल डिग्रेडेशन लैंड डिग्रेडेशन जो है कम हो सकती है तो ये थे आपके लैंड रिसोर्सिस बट जो लैंड रिसोर्सिस है दे आर इन कनेक्शन विद अनदर रिसोर्स जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे